गाड़ी नंबर 100 चुप एक सौ यात्री गाड़ी नंबर 420 उड़ान भरने के लिए तैयार है हाँ। पाँच मिनट के अंदर एक नंबर दो नंबर जिसको जाना है जा सकता है क्योंकि हम नहीं चाहते आप हमारी भोली बाली जनता के ऊपर बादल बरसात करो आरोप उड़ाने का धंधा बंद हो गया मेरा अभी क्या सोचा होगी रोकेटकेट उड़ा लो बेस की आप अरे बोलो भाई मेरे को रोकेट उड़ाने ऐसी रोक नमूना जिंदा इंसान को परेशान कर रहे हो मेरी यूजीटी तेरे को भी चाहिए चाचू। और आप ऐसी जिसको मंगल ग्रह की यात्रा कर ली दर्शन के अंदर इंस्टाग्राम का लिंक फॉलो कर लो ऐसा अंतरिक्ष के अंदर लेके जाऊंगा कभी लाऊंगा नहीं दोबारा <laughs>